अल्लाह दोस्तों आदाब कैसे आप सब लोग मैं डॉक्टर अली कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे आज हम लाइव सत्र करेंगे बुक्स के बारे में मेरे पास जो बुक्स हैं उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा डिटेल छोटा सा वीडियो बताऊंगा ये जो बुक है दोस्तों ये चरक संहिता ये बुक है चरक संहिता ये बुक का नाम है चरक संहिता और चोखम्बा आयुर्वेद ग्रंथमाला महर्षि पुनर्वसु आत्रोदिष्ट श्री मदाग्निवेश प्रणल चरक दोबारा चरक संहिता इसका नाम है और ब्रह्मानंद त्रिपाठी इसकी लिखी हुई ये बुक है दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है ये एकदम बेस्ट बेस्ट ऐसी ये बुक है इसमें जो है बहुत सारे एक्चुअली चरक संहिता मीन्स हमारा जो मेडिसिन uh, कायचिकित्सा हम जैसे कहते हैं वो ऐसा एक मेडिसिन का बुक है दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है ये मंजर आलम सर प्लीज ऑस्कल्टन कैसे सीखे ये बताएं ओके इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों so, अभी इसके बुक्स को हम अगर खोल के देखेंगे चरक संहिता इसका छोटा सा हम एक देखें। टेमो देखेंगे दोस्तों इसका जो अनुक्रमणिका हम बोलते हैं जिसको चरक संहिता विषय अनुक्रमणिका, चिकित्सा स्थान ये देखेंगे आप तो इसमें समझेगा सब रसायन अध्ययन अध्ययन रसायन तृतीय ओके तो ये बुक हुई चरक संहिता अभी हम मेरे बुक्स के पिटारे में से एक दूसरी बुक काढ़ेंगे दोस्तों इस बुक का नाम है रस शास्त्र ये एक आयुर्वेदिक बुक है दोस्तों डॉक्टर श्री शंकर वैद्य वैद्य वी आर डोडे ये बहुत ही अच्छी बुक है एक जिसमें रस शास्त्र के बारे में टोटल बातें बताई गई है रस शास्त्र क्या होता है जो भी हम हमारे जो कल्प होते हैं जो कुछ कुछ मेटेलिक जो कल्प होते हैं वो इसमें बताए जाते हैं और बहुत से अलग अलग चीज़ें इसमें हैं दोस्तों अभी हम थोड़ा सा इसका अनुक्रमणिका पे जाएंगे अनुक्रमणिका अगर आप देखेंगे प्रकरण पहले रसशास्त्र परिचय मतलब रसशास्त्र क्या होता है रसशास्त्र इतिहास शताब्दी मंजरालम अल्ट्रासाउंड में जो एम्प्रेशन में जो दो लाइन में लिखे हुआ होता है उसको क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड में जो इम्प्रेशन होता है उसमें हमें समझ में आता है दोस्तों क्या उसके इम्प्रेशन में जो दो लाइन में लिखा होता है एक्चुअली वो उसका जो पूरा अल्ट्रासाउंड का जो इंप्रेशन होता है उसमें वो दिखाया होता है दोस्तों तो इसलिए अल्ट्रासाउंड का इंप्रेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है अभी इसमें हम देख रहे थे चौथा मोशा विज्ञान यंत्र विज्ञान प्रकरण चौथे तो ये एक सेकेंड ईयर की बुक है बहुत अच्छी बुक है रश्य शास्त्र तो शास्त्र हम ज्यादा इसमें अभी देख नहीं है रहे हैं दोस्तों देखते हैं अभी हमारे दूसरी पिटारी में से हमारे बुक्स में से दूसरी बुक्स कौन सी निकलती है इसी जी कसा का प्रैक्टिस इसी जी के बारे में इसमें बताया दोस्तों इसी जी के बारे में बहुत से लोग जो है इसी के बारे में पूछते हैं हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सी कसा कस काड़ा कसावास ये मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर और नंबर भी है हिंदी में कैसे रीड करें सर अल्ट्रासाउंड कैंपेशन में लिखा हुआ होता है उसमें से कैसे रीड करें मीन्स हिंदी में कैसे रीड करे वो इंग्लिश में लिखा होता है उसमें दोस्तों तो हिंदी में रीड करना है अगर समझो उसमें लिखा है यू में अगर लिखा है कि नॉर्मल यू है अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है There is no any abnormality, ऐसा लिखा होता है यू में there is no any abnormality, उसका मतलब क्या होता है कि यू एकदम नॉर्मल है तो आपको जो यू आप पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें से पूरा आपको देखना पड़ेगा कि उसके एबडामिन में क्या है किडनीज बराबर है क्या दोनों क्या साइज़ क्या है फिर उसका पैंक्रिया कैसा है लीवर कैसा है वो सब उसमें बताता है उस प्रोस्टेट कैसा है मेल में, में ये ए क्या मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा ए देखेंगे हम अर्पण पत्रिका ऐसा इसमें लिखा हुआ है ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर इसमें बताया हुआ है दोस्तों ये क्या है पापा ये ऐसे नोड ए बी नोड और ठीक है ओके ये कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं हमें अभी ई में हमें ये देखना है दोस्तों कि नॉर्मल नॉर्मल जो रिदम होता है ई का वो इसमें किधर दिखता है कि देखते हैं अच्छा सो वी गॉट द नॉर्मल रिदम ऑफ ई दोस्तों ये जो है आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए पी क्यू आर एस टी पी क्यू इसमें आर एस टी ये देखो आप मैं तो इम्प्रेशन ही तो मेन तो इम्प्रेशन ही होता है नजर जो दो लाइन में लिखा होता है यस मेन इम्प्रेशन ही होता है उसमें यूएसजी में या एक्सरे में एक्सरे भी आप देख रहे हो यूएसजी भी आप देख रहे हो कोई भी रिपोर्ट अगर आप देख रहे हो तो उसमें मेन इम्प्रेशन होता है दोस्तों ये ईसीजी सी का एक नॉर्मल फोटो है अगर आप ई का स्टडी कर रहे हो ई के बारे में बहुत से हमारे दोस्त मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर ई के बारे में एक वीडियो बनाए बनाए तो मैं बहुत बार सोचा है दोस्तों बनाने के लिए तो मैं आज आपको ये बुक्स में काट रहा हूँ मेरे तो उसमें से ये नॉर्मल ई का फोटो मैं आपको बता रहा हूँ पी क्यू पी जो है वो ऊपर है क्यू अभी ये जो है इसका मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे दोस्तों पी क्यू आर एस टी एट्रियल एट्रियल और वेंट्रिकुलर जो हमारे जो इम्पल्स uh, हैं तो उसका इसमें डिस्क्रिप्शन है इसमें कहीं पे रिपोलराइजेशन एट्रियल रीपोलराइजेशन एंड वेंटिकुलर रिपोलराइशन वेंटिकुलर डीपोलराइशन ये हमें इसमें सीखना है ये है अभी ये देखते हैं इसमें कुछ बताया है कि ये भी जो है एक नॉर्मल ही है अभी हम इसमें कुछ एबनॉर्मल इसी दिखता है कि कहीं पर देखेंगे थोड़ा okay. तो सा मैं देख रहा हूँ दोस्तों अच्छा ये एक फोटो होता है में बार बार देट इज अ रिदम मतलब जो वे वन टू तो, थ्री और इसको जब हम इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं तो ये ट्रांसफर्स कहाँ से होता है रिदम एस ए नोड ए बी नोड एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एट्रियल वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे अपने चार चैम्बर होते हैं तो देखते हैं इसमें भी कुछ मिलता है ये कुछ इस प्रकार से मशीन होती है अच्छा तो अभी हम इस फिगर्स को देखेंगे दोस्तों दिस इज दू सी चीज है ये एबनॉर्मल ए सी चीज है अगर आप ई जी पढ़ रहे हैं तो ये आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है पी क्यू पी क्यू आर यस एस टी जो है ये यस वेव जो है वो वहाँ पे जो है एलिवेशन है एस टी एलेवेशन उससे बोलते हैं हम दैट इज अस टी एलिवेशन एस टी इलेवेशन एस टी एलेवेशन यहाँ पर थोड़ा डिप्रेशन हमें दिख रहा है ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हमें दिखते है कि देखना चाहिए अभी यहाँ पे देखेंगे हम वन टू थ्री ए वी आर ए, ए तो यहाँ पे कुछ एलिवेशन है क्या डिप्रेशन है क्या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है क्या लिखा है ये मैंने लिखा हुआ है V1, V2, V3. V1, V2, V3. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चेंजेस हैं थोड़े थोड़े अब यहाँ पे भी आप ये व्यूज को देखेंगे तो देखिए इन द सी जी एसी दर्स मैंने तो इम्प्रेशन से होता है ना सिर्फ सर जैसे इम्प्रेशन में लिखा हुआ होता है कि इंटेंस मतलब पता है अभी इसको हम छोड़ते हैं विल गो टू आवर नेक्स्ट बुक नेक्स्ट बुक हमारे पास कौन सी होगी ये बुक कौन सी है देखते हैं इसका नाम क्या है दोस्तों ये है डॉक्टर मोहनस हैंडबुक ऑफ डायबिटीज़ मिलिटस तो ये डायबिटीज़ के बारे में एक बहुत ही अच्छी बुक मुझे मिली थी तो ये मैंने संभाल के रखी है और इसमें से मैं स्टडी भी करता हूं दोस्तों कभी कि कभी डायबिटीज़ के बारे में मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं देखता हूं अब इसके कंटेंट में हम एक कंटेंट एक बार बताता हूं मैं आपको कंटेंट देखिए इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज़ मलेटस तो अच्छी बुक है एक डायबिटीज मलेटस की तो ये भी एक बुक है मेरे पास और हम देखते हैं दूसरी बुक प्लीज़ सर यू रीड माई क्वेश्चन सर जैसे इम्प्रेशन में लिखा हुआ होता है कि जो में लिखा होता है वही तो डायग्नोस्ट होता है ये एक बुक है जो मेरे पास थी दोस्तों ये कॉलेज टाइम की बुक है ये सेकेंड ईयर की बुक है शायद इसको पिडियाट्रिक्स क्या बुक कहते हैं कुमार भृत्य ऐसा एक चैप्टर हमें था तो ये पिडियाट्रिक बुक है एक अभी मैं आपको इसका सिर्फ कुछ दिखाता हूँ अनुक्रमणिका तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ एलोपैथी चीज़ें भी आपको दिखेंगे कमर वृत्ति वह विभाजन यहाँ पे ये देखिए ये अगर देखेंगे आपको प्री टर्म बेबी डिसऑर्डर्स ऑफ वेट वेट एंड जेस्टेशन कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ फुल टर्म नॉर्मल बेबी लो बर्थ वेट बेबी एल बी डब्ल्यू बोलते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक थी जो हम रेगुलर यूज़ करते थे बहुत अच्छी बुक थी इसमें से एक चिट भी मिला है मुझे देखते हैं ये चिट क्या है क्या लिखा है अच्छा तो ये तो दूसरा ही कुछ है इसमें ये क्या है ये दूसरा ही कुछ है चलो ना विल गो टू द नेक्स्ट बुक अभी हमारे पास और कौन से बुक्स हैं हमारे पिटारे में एक सिंपल बुक है जिस काय चिकित्सा मेडिसिन का बुक है जैसे चरक संहिता का बुक था वैसे इसमें मेडिसिन के रिलेटेड टॉपिक्स हैं अच्छा है टॉपिक भी इसमें भी सब बताया है ईसीजी ये कौन है बाबा सौदर प्रणाम समर्पण अच्छा अभ्यास का प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय नुकसान होता है एनसी अभी हम जाएंगे हमारे दूसरे बुक्स पे हमारे पिटारे में से दूसरे बुक्स हम कोई चूज करेंगे दोस्तों ये है शालाके शाला के तंत्र मतलब क्या कर्ण नासा शुरू है मतलब ये एक प्रकार का ईएनटी बुक है अब एक दूसरा एक बुक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये बुक है स्टेप बाय स्टेप इन इमरजेंसी मेडिसिन इन ऑर्थोपेडिक्स एचकेटी रजा ये भी एक अच्छा बुक है और बहुत से बुक यहाँ पे हैं दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा बुक है कौन सा बुक आपको करके बताऊं मैं ये एक बुक है जिसका नाम है काय चिकित्सा प्राध्यापक वैद्य जोशी ये भी एक अच्छी बुक है काय चिकित्सा जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे लोग तो उनके लिए ये एक बुक जो है रेडीडिक मतलब इसमें सब जो है ऑटोमेटिक रेडीमेड कंटेंट इसमें अवेलेबल है हाँ अभी मैं आपको एक बुक बताऊंगा दोस्तों ये बुक जो है मैंने मेरे वीडियो एक वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने ये बुक को बताया था दोस्तों ये बुक है रेडी रिकेगनर फॉर आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर डीबी बे एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड डॉक्टर स्मिता एसडी डी मुजावर अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों तो ये एक प्रकार का रेडी रिकेगनर है बहुत ही अच्छा बुक है ये मैं आपको क्या करूँगा मैं आपको इसके कुछ सिंपल टेक्निक बताऊंगा रेडी रिक्नर फॉर आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिसनर अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बुक है ये फॉर uh, एग्जांपल अगर हम सेक्शन वन आयुर्वेदिक प्रिस्क्राइबर रेडी रिकनर अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है इसका कंटेंट इनफेक्टिव फेवर डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर कार्डियोस्कुलर मस्कुलटर नर्वस सिस्टम ब्लड लिम्प अभी हमें समझो कुछ देखना है यूरोनरी सिस्टम फोर्टी टू पेज ये हम डायरेक्ट जाएंगे तो पेज पेज इसमें देखेंगे आप तो किडनी डिसऑर्डर पर बोला है पाइलो तो ट्रीट इमीडिएटली यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है देखो टैबले चंद्र प्रभावटी टू टी टैबलेट गिग गुगु १०० में है अवेलेबल पिन चना इसका अच्छा डिसऑर्डर इस कहते हैं और मराठी इंग्लिश में सिंड्रोम ट्रीटमेंट फिर फिर चना वाटर भी ये ने देख लिया है। अब दूसरा एक पुनर्नवाडूर में में को कैसे उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है देखो ये ये जो इस बुक में लिखा हुआ है दोस्तों ये उन्होंने मतलब दिन में चार बार तो देखेंगे चंद्र प्रभावटी टू टी डी एस टैबलेट है ये वरुणा रिकाड़ा मतलब एक सिरप है ट्वेंटी हजरुल यहूद पिस्टी ये एक प्रकार का टैबलेट भी मिलता है और पाउडर भी भीमचूरिया हजरुल तो अगर आपको हिमाचूरिया है अगर ब्लड में से यूरिन यूरिन में ब्लड सॉरी यूरिन में से ब्लड जा रहा है तो उशी और सारिवासो आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं और इसमें और बहुत ही अच्छी चीज़ बताता है ये पंचकर्म क्या करे स्वेदन पिंड स्वेद बैक एंड एबडोमिन करस्पॉन्डिंग पेन किडनी एरिया पसी पुनर्वधि काड़ा और दशमल काढ़ा तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा और एक क्रॉनिक किडनी फेलियर तो ऐसा ये बुक है तो, बहुत ही अच्छी बुक है रेडी रिना फॉर आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिस ओके तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सारे बुक्स हैं मैं अगर आपको ये बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा तो टोटल मुझे लगता है मुझे एक दिन लगेगा दोस्तों तो दोस्तों अगर आप सोचेंगे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इसमें फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कुछ अच्छी बुक मैं आपको का बताना चाहूंगा अभी अच्छा ये एक बुक है जो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छी बुक थी जो मैंने मेरे वीडियो में भी बताया था प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबर गोल वाला प्रिस्क्राइबर अभी मैंने रेडी का बताया वैसा ही प्रैक्टिकल गोलवाला ऐसा ही एक बुक है इसमें हमें सेम टाइप ऑफ ट्रीट इज गेट सपोज मैंने इसको अभी यहाँ पे खोला दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडोक्रीज क्रोथ डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो मेमोरी एंड फॉर्गेटफुलनेस इसको बोलते हैं डिमेंशिया फर्स्टेबल विटामिन बिटोल डिफिशियंसी और हाइपोथरा स्टेट और सब ड्यूरल हिमाटोम से क्या देना चाहिए इसको पायरासिटाम देना चाहिए times a थ्री टाइम्सली वन थ्री टाइम्स अ डे अदर ड्रग्स लाइक बट अदर नंबर भी है क्या देना चाहिए सर अल्जाइमर भी है बहुत ही बढ़िया जो है ये बुक्स आगे कुछ एक अच्छी बुक्स दिखती है क्या दिखते हैं हम लोग पी डी आर योरसोएसर ये वाली बुक्स क्या है मेरे भाई दैट इज अनरल हेनाटोमी बी डी चौरसिया ये जो बुक है ये बहुत से लोग वापरते हैं सेक्शन के लिए भी डाइसेक्शन के लिए भी वापरते हैं ये बुक कौन सी है हम देखते हैं आ, कौन सी बुक है इसको देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये बुक कौन सी है मतलब ये सर्जरी की बुक है एक प्रकार से अभी मैं आपको एक बुक बताऊँगा दोस्तों ये बुक को आप देखिए केयरफुली देखिए इज नॉट बाई चांस ये बुक भी अच्छी है डॉक्टर पी एन शाह पीएससी एमबीबीएस ये बुक का है डॉक्टर पी एन और इसको मैंने पढ़ा है दोस्तों बहुत ही एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक बुक है जस्ट हम कोई भी एक Page, इसका अभी तो आप अगर देखेंगे मैंने कैटगट काटा है का यूज़ लाइन है दिस इंजेक्शन कैन भी मिस्ड वन कैन मी थ्री फोर इंजेक्शन आई विसोना एम्पिसन डेरीफाइली Uh, दोस्तों अगर आप ये समझेंगे कि जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूट्यूब पर इस पर हमें बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन से इंजेक्शन कितने मिक्स करे कैसा दे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बुक में बता रहा हूँ उन कैन मिक्स थ्री टू फोर इंजेक्शन वाइल गिविंग आई वी डेक्सोना एम्पिसिन एंड डेरीफेलिन टैड हिस्सैग जेंटा ये को को आप आप आप मिक्स मिक्स मिक्स कर कर सकते सकते हैं हैं इनको टैक्सिम और एक साथ करके आईवी आर ऑफ इंजेक्शन यू माइट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सलेंस जो आप लोग जो बहुत बार हमको क्वेश्चन पूछते हैं ये पेज है उसका पूरा पूरा आंसर दिया गया है तो बहुत ही अच्छा पेज है ये अभी पता है प्रोकिन प्रोकिन और वो टेकल एज पॉसिबल फ्राम टू एम एल वॉल एंड इंजेक्ट सबक्यूटे वॉच फॉर एनी रिलेक्शन मेनली इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी ड्रग अगर आप सबक्यूटेस में दे ये तो वहाँ पर uh, do, uh, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेस्ट डोज भी दे रहे हैं वो तभी भी पेशेंट मर सकता है समटाइम्स डोस डॉट एनी ड्रग मे कॉज रिएक्शन इट डज नॉट मीन दैट वन शुड टॉप यूजिंग मतलब बहुत से ट्रिक्स दिए गए हैं हजारों टिक्स दिए गए हैं तो इनका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर किसी ड्रग से आपको एलर्जी या रिएक्ट और तीसरी बात इन्होंने जो बोली है दोस्तों ये बोलते हैं कि कोई ले एलर्जी आ सकती है ये बात मैं ऐसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कभी कभी दोस्तों टेबलेट पैरास्टामोल से भी रिएक्शन आ सकती है इट इज़ बेटर टू हैव ट्राइड एंड और ये मत सोचो कि तुमने कभी ट्राइस नहीं किया जिसका मतलब ऐसा है डे टू डे इसका मतलब क्या है लास्ट लाइन जो डॉक्टर साहब ने जो ये लाइन में बोली है इसमें अगर हम ये नहीं देंगे तो हम एना रिएक्शन को सीख नहीं सकते तो बहुत ही अच्छी ये बुक है यू विल बी इनवेरेबली राइट इफ बट मैंने कुछ सेलेक्टिव बुक्स को काट के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यू विल बी इनवेरेबली राइट तुम ऐसे ही सही हो जाओगे कब इफ यू डू द फॉलोइंग गिव एल्थ्रोसिन टू एनी वी डी केस वाट इज वी डी नाउ वी डी इज वेनरल डिसीज वेनरल डिसीज तो एल्थ्रॉक्सिन जब आप वेनरल डिसीज को देंगे तो आप राइट right हो सकते हो इी थ्रो माई सीन एन ऑइंटमेंट विथ डॉक्सी टू एनी केस ऑफ एक्निंग एकने का कोई केस आपके पास आया है तो आपने उसको ऑइंटमेंट के साथ डॉक्सी दे, तो आप राइट हैं पी पी फोर टू पी पी फोर मतलब कॉम्बिनेशन प्रोक्रिय। केस ऑफ डायरिया दिस <laughs> इज द कॉमन बहुत ही कॉमन हो चुका है दिस uh, इज किसी का आया है आप भी हैं तो बहुत अच्छी तो बुक है ये अगर हो सके तो इसको ले लो इनका फोटो है ये, ये